मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गलत जानकारी देने पर एक चालबाज अधिकारी को जमकर फटकार लगा दी सीएम ने इस अधिकारी से पूछा अभी कितनी योजनाओं से पानी देना शुरू हुआ है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जवाब दिया योजनाओं के तहत पानी देना शुरू हो गया है ई की ओर से गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री ने बैठक में नाराजगी व्यक्त की और बैठक में ही उसे माफी मांगने को कहा इसके बाद इस अधिकारी ने अपनी गलती पर माफी मांगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह अनूपपुर जिले की समीक्षा की उन्होंने कहा विकास के काम गुणवत्ता पूर्ण हो और समय पर जनता का काम पूरा हो हमने तय किया था कि नर्मदा जी को बचाना है तो अतिक्रमण रोकना जरूरी है उन्होंने बताया शिशु मृत्यु मामले में अनूपपुर जिला पहले नीचे था अब वह ग्यारहवें नंबर पर आ गया है टीवी प्रबंधन में भी बेहतर काम किया गया है अनूपपुर राज्य का नंबर एक जिला बन गया है इसी बीच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 सोर्स नहीं है उन गाँव में कैसे पानी का सोर्स मिले उसकी विशेष योजना बनाए शिवराज सिंह ने कहा आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों को क्रॉस चेक करें वॉटिया टू वर्ल्ड ऑफ इंस्पिशन वी आर एल एन सी टी ग्रुप एवरी चेंज इज प्रोवाइडिंग देश रिजल्ट हाइएस्ट पैकेजेस एंड डिलीवरिंग द बेस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एल एन सिटी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन